हम सुबह 10 बजे बलांगिर से हरिशंकर की ओर निकल पड़े थे बीच में पटनागढ़ में कुछ टाइम रेस्ट करके फिर से खपरा खोल होते हुए दोपहर 1 बजे हरिशंकर में पहुंच गए हैं हरिशंकर की पार्किंग एरिया और आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यहां पार्किंग कर सकते हैं गुड मॉर्निंग गाइज एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज मैं हरिशंकर आया हूँ जो उड़ीसा राज्य की बलांगीर जिला में पड़ता है तो चलिए हरी शंकर एक्सप्लोर करते हैं हरिशंकर की एंट्री पॉइंट में बहुत सारे खिलौना का दुकान और पूजा सामान की दुकान देखने को मिलेगा और आप चाहें तो यहीं से खरीदारी कर सकते हैं दोस्तों हरिशंकर बलांगिर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो अभी हम हरिशंकर में पहुंच चुके हैं तो चलिए पहले मंदिर की एक्सप्लोर करते हैं और बाद में वाटरफॉल की ओर जाएंगे। यह है हरिशंकर की मंदिर तो चलिए देखते हैं मंदिर ये है मंदिर की सिंह द्वार और अभी हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों अभी हम वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं ये वाटरफॉल का पानी है पाल <laughs> मेरे एक सब्सक्राइबर जो हरि हरीशंकर में मिले दोस्तों ये है चाउल जलप्रपात और ऊपर गंधम पर्वत है और गंधम पर्वत से पांच जलधरा ऐसे निकलती है उनमें से एक है चाउल धारा जलप्रपात और सबसे जो बड़ा जलप्रपात है उसका नाम है कपिलधारा और उसका पानी भी ज़्यादा तीव्र है लेकिन हरिशंकर में जो, जो जलप्रपात बहती है उसका नाम चाउल धारा जलप्रपात है अभी मैं और ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ऊंचाई की तरफ गोंधमार्तन पर्वत श्रृंखला ऊपर और उसकी दक्षिण छोर से जहां मैं अभी खड़ा हूँ यह हरिशंकर स्थित स्थान है और उसकी उत्तरी छोर में नृसिनाथ जो कि बरगढ़ जिला में स्थित है यानी कि रामायण वन गार्थन पर्वत की दोनों तरफ से दो तीर्थ स्थान मौजूद है दोस्तों यही था आज की हरिशंकर यात्रा की पूरा लेखा जोखा फिर मिलेंगे एक नया जगह और एक नया वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद